छतरपुर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में राज्यपाल मंगू भाई पटेल द्वितीय समारोह में पहुंचे इसके साथ ही समारोह में बीजेपी वीडी शर्मा और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव मौजूद थे जहां इन सभी अतिथियों के सामने ही छात्रों ने कुलपति व कुल, कुल सचिव के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए छात्रों का आरोप है की कुलपति और कुल सचिव ने भ्रष्टाचार किया है वही पुलिस ने नारा लगाने वाले छात्रों के साथ मारपीट की और उन्हें कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाल दिया छात्रों को देश का भविष्य माना जाता है लेकिन जब इन्हीं छात्रों के साथ अत्याचार होता है तो हमारा शासन प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता रहता है दरअसल छतरपुर में महाराजा छतरसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में दूसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मंगू पटेल समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव पहुंचे थे जहाँ इन सभी अतिथियों के सामने ही छात्रों ने कुलपति और कुलसचिव के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुलपति और कुलसचिव ने भ्रष्टाचार किया है उन्हें यूनिवर्सिटी से हटाया जाए इसके बाद हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे छात्र और छात्राओं को पकड़कर कार्यक्रम स्थल से बाहर ले गई। मामला शांत होने के बाद दीक्षांत समारोह में 300 से ज्यादा छात्र और छात्राओं को डिग्री देकर सम्मानित किया गया इसके बाद यूनिवर्सिटी की नई बिल्डिंग का गौरैया गाँव में भूमि पूजन भी किया गया वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें